आज सर जी मैंने सुना है बैठ के ना वो पूरा और उसके हंड्रेड एपिसोड हो गए सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे चीज को लेके मन की बात कोटी कोटी भारतीयों के मन की बात है उनकी भावनाओं का प्रगटीकरण है पहले वो पूरे इंडिया में ये शो चलता था जो मन की बात शो है अब वो पूरी दुनिया में चल रहा है आज का ये जो एपिसोड था जी चला। लाइव चला बड़ी बात है लाइव पूरी दुनिया ने सुना है देखा है मतलब जैसे भी हुआ ये एक कार्यक्रम नहीं है मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी की इस तरह इज्जत हो जिस तरह इंडियंस की इज्जत है, है जिस तरह चाइनीज की इज्जत है जिस तरह और मुल्कों यार बांग्लादेश की जिस तरह इज्जत है ना हम तो वो चाहते हैं बांग्लादेश भी आपसे ढाई रुपए ऊपर चला गया हुआ है ढाका एयरपोर्ट हैजॉट मोर एयरलाइंस कमिंग फॉरन एयरलाइंस कमिंगी लाहौर एंड इस्लामाबाद कंबाइंड कौन सी फॉरन एयरलाइन नजर आती है कौन से फॉरेनर्स हैं आ तो तो को को है। तो भूटान की, नहीं, नहीं, की बीजेपी किसी हद तक भी जा सकती है पाकिस्तान के खिलाफ पूरे खत्ते को किसी भी खतरे से दो चार कर सकती है एक जम का बनाया हुआ मुल्क है ये जो एक जुमला था हजरत का पीछे पाकिस्तान को आगे ले जाना है क्या खूब आगे लेके गए अल्लाह हमारे अंदर भाईचारा पैदा कर या अल्लाह हमें एक और नेक बना अगर आपकी जमात से कोई वजीर आजम बन जाता है कल आप वजीर आजम बन जाते हैं तो जो मसला कश्मीर है ये जो मसला कश्मीर है ये हल करवा लेंगे साथ साहब इन शाह करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे हमारा बुनियादी पहले थ्रू नहीं, नहीं हो पा रहा नाजरीन ये तो सबको है कि इस वक्त बिल्कुल तबाह कन किस्म की महंगाई है खुद सरकारी अदाशु कह रहे हैं कि अप्रैल में माहाना जो महंगाई की शराह है वह अठतीस फीसद है अड़तीस फीसद है और जो इस साल हमारी माशी तरक्की की शराह इशारिया आठ फीसद रहेगी आलमी बैंक और आई एम एफ का ख्याल है पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स यानी इशारिया पाँच इशारिया छः रहेगी मोदी जी का एक प्रोग्राम चलता है मन की बात यानी कि वो रेडियो के ऊपर उस, आज सर जी मैंने सुना है बैठ के ना वो प्रोग्राम और उसके हंड्रेड एपिसोड हो गए सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे चीज को लेके कि आप बड़ा जबरदस्त काम करेंगे लोगों की बात सुन रहे हैं चिट्ठियों के जरिए उनकी आवाज के जरिए मतलब उनके आप काम कर रहे हैं उनके मसले मसाइल हल कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ा बड़ा, बड़ा आपको जी बिल्कुल और बड़े जबरदस्त इस तरह हमारे पाकिस्तान में भी हुआ था इमरान खान साहब भी लाइव आते थे लेकिन उनकी एक तरतीब नहीं बन सकी मतलब मोदी जी जिस तरह देखिए ना पहले वो पूरे इंडिया में ये शो चलता था जो मन की बात शो है अब वो पूरी दुनिया में चल रहा है आज का ये जो एपिसोड था पूरी दुनिया में चला, लाइव चला है बड़ी बात। है। लाइव पूरी दुनिया ने सुना है देखा है मतलब जैसे भी हुआ है तो इसके लिए बड़ी बड़ी मुबारक बात है जी उन्हें के वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं लोगों के लिए अच्छा आबिद भाई ये बताए आप मन की बात जो उनका प्रोग्राम है हंड्रेड एपिसोड उन्होंने की मुबारकबाद भी दी कंग्रेचुलेशन भी पूरी दुनिया ने देखा आपने भी देखा आपकी भी कोई मन की बात हो आप भी कहना मेरे मन की बात आपने कर दी मैं अभी करना चाह रहा था जेन में आती थी निकल जाती थी मैं मोदी जी साहब को जो है ना एक बात स्पेशल करना चाहूंगा मोदी जी देखिए मेरी बात सुनिए रेली रेली रेली बाय गॉड अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और रेली really, ये नहीं कि कोई लालच है पता नहीं मैंने कुछ लेना है या कुछ कुछ यकीन माने एक परसेंट आधा परसेंट उससे भी आधा परसेंट चले जाए जरा सी भी कोई लालच नहीं है दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपको एक सेकंड मैं इसके ये प्यार का इंदाजा, अंदाजा आप इधर से लगा सकते हैं और मार्केट में खड़े होकर आपसे मोदी जी प्यार करता हूँ मतलब मैं, मैं अपनी बात करूँ अगर लेट्स करता होता तो मुझे कहते हुए डर लगता है ये हाँ जी और सिर्फ दिल की ख्वाहिश पता है क्या मोदी साहब मेरे सामने आइडियल पर्सनैलिटी होती है किसी का कोई होगा किसी का मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटी है मैं क्या करूँ काम की उनके काम की यार काम जो बंदा गरीबों के साथ हमारा दिन क्या कहता है हमारा मजहब क्या कहता है वो भाई दीन गरीबों के साथ खड़ा हुआ है किसी को भूखा सोने नहीं दे रहा वो तो मैं चाहता हूं मोदी साहब मोदी साहब जो है ना एक बार सिर्फ एक बार चाहे एक सेकेंड के लिए एक जफ्फी मैंने उनसे डालनी है और मोदी जी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ देखिये कश्मीर में एक लड़की वायरल हुई बच्ची थी उसने आप तक मैसेज पूछाया वो पहुंचा आप तक पहुंचा वो मैसेजनाथ सीरतनाथ और आपने उसमें काम भी किया वो बच्ची क्या खुशी हुई होगी क्या उधर से लोग स्टडी करेंगे मतलब पढ़ेंगे लोग टैलेंटेड निकलेंगे उधर से इसी तरह ही मन की बात आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं पूरी दुनिया में चल रहा है तो मोदी जी मैं बड़ा अपने दिल से डिसार्ड भी होता हूं कि मेरे मन की बात जो है ना आपने अभी तक क्यों नहीं सुनी देखिए मैं तो सुनने में ये आया मैं दूसरी तरफ इंडिया की सात ग्रोथ रेट है और आलमी बैंक का ये भी कहना है कि पाकिस्तान का सत्तर बजट कर्ज़ों माजी के कर्ज़ों उनके सूद सब्सिडीज़ और तनख्वाहों में चला जाता है यानी तरक्की शरक्की के लिए कुछ भी नहीं बचता है बहुत ही मामूली सी रकम बचती है बहुत ही मखदूश हालात हैं हारून साहब के बाद और... ये है हालात मखदूश होते हैं जी जी एक कॉम के नहीं होते अमेरिका में ठीक है अमरीका आलमी ताकत है ग्रेट रिसेशन के एक नहीं एक से ज़्यादा वक़ात हुए अभी दुनिया झेल रही है कोरोना और उसके असरा को और जो कुछ जो गैस बंद हुई तेल बंद हुए देख नहीं होता है फैसला आप में कुत फैसला क्या है आप इसकी की हिम्मत कितनी रखते हैं और जहन कितनी ताजगी के कि साथ आपका काम करता है ने कहा हुकूमत का साइज छोटा करेंगे छोटा करके दिखा दिया उसने टैक्सेस भी कम करेंगे क्यों बात कर रहे हैं नहीं नहीं आपका भी अपना नुक़ नजर है मुझे सुन सकते हैं जी जी बिल्कुल सही देखिए जो हालात हैं ये तो बहुत ही मखदूश हैं और पिछली जो हमें आईएमएफ से किस्त मिली थी अगस्त में मिली थी पिछले साल आठ महीने आठ महीने तक हो गए और हमारे वजीर ख़जाना इसहाकदार साहब कहते हैं कि बस मिलने वाली है होने वाली है आपको लगता है कि ये अब कुछ हमें आ, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं देखिए बात यह है कि जून में ये आई का प्रोग्राम खत्म होना है हाँ अब ये अब मई शुरू हो गया आज आप आ, कल से जो है दो महीने एक, लग हाँ और इस प्रोग्राम के खत्म होने में तीन जायजे रिव्यू बाकी हैं है आ, एक रिव्यू को तीन महीने चाहिए ठीक है तो अभी नौ दस ग्यारह ये तीन रिव्यू बाकी हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आईएमएफ प्रोग्राम तो मुकम्मल हो गया ठीक है जी अब ये प्रोग्राम नामुकम्मल हो गया और आई के कुछ तहफात हैं पाकिस्तान की वैसे वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा मोटी बात बताइएर देखिए बात मोटी बात यह है कि उनको जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट है और ये आपका जो नवा जायजा है ये सितम्बर दो हजार बाईस के आदादोशुमारे है उसके बाद हुकूमत ने अलग अलग, अलग बातें कही थी कि जी हम ये फलाह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देंगे हम अपने टैक्स की शराह को बढ़ाएंगे तो ये सारी और फिर उसके बाद इसक साहब की जैसे कहते चाकू चौबन जबान आ, वो आईएमएफ को समझ में ये रहे थे कि आईएमएफ उन्होंने कर्जा देना चाहिए आई एम ने इनको कर्जा नहीं देना तो आईएमएफ पे पे अलग इल्जामात लगाए आपको तीन इल्जामात गिनवा देता हूँ एक इन्होंने बोला कि आईएमएफ एम कह रहे इलेक्शन ना कराएं एक इन्होंने बोला कि उन्नीस सौ अट्ठानवे में जो पाकिस्तान के हालात थे उस पर जो ब्लैक किया जा रहा था आई हमें ब्लैक कर रहा है तो ये तमाम इल्जाम पहली दफा आई को फिर जवाब देने पड़े ई से और ने कहा आप वजात किसी किसी से बात करते हैं वैसे आपके पास कोई प्रोग्राम है कोई नुस्खा है आई टी में हम बिगनिंग नहीं कर सके इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं कर सके इंडस्ट्री का कुछ हाल जरूर बेहतर हुआ था पीटीआई के जमाने में कुछ तो बाहर से पैसे ज्यादा आने शुरू हो गए थे कुछ कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ था आपके पास कोई नुस्खा है कोई तैयारी है देखें जी बात नुस्खे और तैयारी की ये है कि हमें किस शक्ल में मिलेगी पाकिस्तान की बात दौड़ना अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने पिछले छह महीने से पाकिस्तान की माशी प्लान पर काम कर रहे हैं अभी तो मसला ये हो गया कि खाई जो है गहरी होती जा रही है वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद का क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मुलाकात होगी अगले कोई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद